नमस्कार आज का टॉपिक है गुणा जिसमें हम गुणा में बहुत सारी बातें सीखेंगे नई नई विधियों से गुणा करना सीखेंगे वैसे आप गुणा तो कर लेते होंगे लेकिन अब मैं जो इस टॉपिक में बताने वाला हूँ बहुत ही मजा आएगा नई नई तरीके से आपको गुणा करना सिखाऊंगा तो शुरू हो जाएगी कॉपी और पेन उठा लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा लिखना भी है और उसके बाद आपको करना है सबसे पहले हम जान लेते हैं गुंड क्या होता है गुंड तो इसमें होता है जिस संख्या में गुणा किया जाता है जिस संख्या में गुणा किया जाता है जिस संख्या में गुणा किया जाता है वह गुंड कहलाती है इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर सॉरी मल्टी मल्टी मल्टीप्लिकेंट। उसके बाद आता है गुड़क इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर जिस संख्या से गुणा किया जाता है जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसको हम गुड़क कहते हैं उसके बाद आता है गुड़नफल गुड़नफल इन दोनों का गुण करने के पश्चात जो परिणाम आता है रिजल्ट आता है उसको गुड़नफल कहते हैं तो इन दोनों का गुणा करने के पश्चात गुणा करने के पश्चात जो परिणाम आता है उसे गुड़नफल कहते हैं तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी तो गुड़नफल बराबर गुण इनटू गुड़क ठीक है अब मैं कुछ नई विधियों की तरफ आपको ले चलता हूं सबसे पहले मैं करता हूं कि, कि दो दो अंकों की संख्याओं का गुणा मैं किस प्रकार से बहुत ही तीव्रता से करते हैं वैसे आप कर लेते होंगे दो दो अंकों की संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करेंगे मान लीजिए कोई एक संख्या आपकी है सिक्सटी टू और दूसरी संख्या है थर्टी सेवन आपको किस तरह से गुणा करना है क्या थर्टी सेवन को पारा पड़ोगे एकदम नहीं नहीं पता है ना तो सात का गुणा पहले आप दो में कर दीजिए सात दून चौदह एक कैरी फिर इसका और इसक, इससे और इसका इससे यानी सात का छह से और तीन का दो से सात का छह से करोगे तो आएगा बयालीस और तीन का दो से करोगे तो छह तो बयालीस और छह अड़तालीस बयालीस छ अड़तालीस और ये वाली कैरी हाँ से लग गया चारियो अठारह अठारह और चार बाईस तो हो गया हमारा गुणा एक बार फिर समझ लें मैंने सात का दो में किया है उसके बाद सेकेंड स्टेप में छह और सात का और तीन और दो का गुणा करके जोड़ा है दूसरी कोई संख्या लेते हैं ऐसे मैंने ले लिया फिफ्टी टू और ट्वेंटी थ्री मुझे गुणा करना है तो मैंने इसका इससे कर दिया तो आ गया उसके बाद इसका एस से और इसका और करना है पांच थी वो पंद्रह और दो दुनी चार पंद्रह और चार उन्नीस उनको जोड़ना है 9, हासिल, और क्या रहे, हो गया तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और काफी एंजॉय किया होगा आपने अब मैं करता हूं तीन तीन की अंकों की संख्याओं का गुड़ा ऐसे ही तीन तीन इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा प्रोसेस है इसमें लेकिन मैं सिखाता हूं जैसे मान लीजिए यहां पे कोई संख्या है चार और दूसरी संख्या है आपकी 431 सीखने की कोशिश करें पहले आपको गुणा करना है सात का एक से सात एक सात कोई कैरी नहीं कोई हासिल नहीं फिर आपको दूसरे स्टेप में इस तरह से गुणा करना है दो और साथियों इक्कीस दो और इक्कीस हो गए तेईस तेईस का तीन दो हासिल उसके बाद चार का इससे करना है और इससे करना है सात का उधर और दो का इधर करना है तीसरा स्टेप थोड़ा कठिन है ध्यान रखेंगे चार एक चार सात सौ को अट्ठाइस चार और अट्ठाईस और तीन गुणी छह एक चार, चार सात सौ को अट्ठाइस तीन गुणी छ इन सबको जोड़ लो और ये वाली कैरी लगाएंगे तो अट्ठाइस तो और आठ छत्तीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस अड़तीस की आठ तीन है उसके बाद चौथा स्टेप हमारा इन दोनों का आपस में गुड़ा करना है इनका इनका क्रॉस चार ती बारह चार दुनिया आठ बारह आठ बीस बीस और ये तेईस दो हासिल उसके बाद चार चौ सोलह और सोलह और दो अठारह तो हमारा हो गया ये तीन अंकों का गुणा एक बार फिर समझ लें कि मान लो तीन संख्याएं एबीसी थी इस तरह से और नीचे थे डी ई एफ पहले मैंने इसका किया था तो आ गया था सी एफ इसका और इसका किया इन दोनों को जोड़ना है तो हमारा ये आ गया था ई सी उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप में ए एफ ये बड़ा था स्टेप थोड़ा मैं आप साफ करता हूं ए एफ था ए का एफ प्लस डीसी प्लस बीई ये था चौथे स्टेप में मैंने क्या किया था AE, मैं इसको साफ करता हूं उधर इसको जोड़ा था फिर ए तो ये इतना बड़ा प्रोसेस था मैंने इतने शॉर्ट में आपको समझाया था एक बार और एक क्वेश्चन करने कोशिश करेंगे इससे आपको स्पीड इस बनानी है जैसे मान लू एक क्वेश्चन हमारा वो 421 और 512 शुरुआत करेंगे दो एक दो इस तरह से दो एक दो फिर दूसरे स्टेप में दो दूनी चार एकन एक, एक चार और एक पांच तीसरे स्टेप में चार दूनी आठ एक एक पांच एकन पांच आठ पेरे और एक बार फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं इसको दो एकन दो दूनी चार और एक एक, एक, एक चार और एक हो गया पांच तीसरा स्टेप क्या है चार दूनी आठ पांच एकन एक पांच अब दो एक दो इन सब को जोड़ लो आर दो बस पंद्रह पंद्रह एक पांच एक हासिल तीसरे स्टेप में इनका और इनका करना है पांच दिन दस चार चार चौदह चौदह और एक हमारी कैरी हो गई थी शायद पंद्रह एक हासिल हो गया चार पंजे बीस और एक इक्कीस अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो भी इतना ही आएगा तो उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे बढ़ता हूं नेक्स्ट तरीके से आगे है गुणा करने की एक साधारण विधि वो तो आप कर लेते होंगे साधारण विधि में क्या है जैसे 425 है और 11 या 12 या 13 या 15, 19 तो 11 का गुणा दो में करेंगे दो पांच में करेंगे पचपन आएगा पांच कैरी 11 का दो में करेंगे बाईस 22, 22 और पांच 27 दो कैरी 11 का चार में करेंगे 44 44 और दो 46. तो ये बॉस आप कर लेते हुए आगे बढ़ते हैं यदि किसी संख्या को पांच से गुणा करना हो यदि किसी संख्या को पांच से गुणा करना हो तो क्या करेंगे तो पांच से गुणा करने के लिए स्कूल की संख्या है नौ सौ तिरसठ मुझे पढ़ना नहीं पढ़ना है करना क्या है मुझे इसके नौ के बाद में एक जीरो लगा देना है और इसका आधा कर देना है दो से भाग बस आंसर आ जाएगा मेरा दो चौकू आठ एक दो अट्ठीस सोलह दो एक दो पंजीय दस आंसर फिर से एक वार्षिको मान लो 512 सौ बारह या छह बार इस तरह से और मुझे इसके पांच से गुना करना है तो करना क्या है लास्ट में एक जीरो बढ़ाना है इसमें और दो से भाग लगा देना है दो ती छूनी चार दो पंजी दस बारह ज्यादा हो गया क्या ज्यादा हुआ दो तीस दो दूनी चार दो पंजे दस दो छह ये अगर आप इसका गुणा करेंगे तो वही आएगा समझ गए होंगे अगर किसी संख्या को 25 से गुणा करना है 25 से तब क्या करना है मान लो यही संख्या है और 25 से मुझे गुणा करना है बस कुछ नहीं करना है इनके लास्ट में जैसे उसमें एक जीरो बढ़ाया था इसमें दो जीरो बढ़ा देंगे 900 दो जीरो बढ़ाने के बाद में आपको चार से डिवाइड करना है बहुत सिंपल है चार एक चार और चार गुनी आठ एक चार चक इसमें भाग जाएगा नहीं चार सत्तो अट्ठाईस और दो बचे चार पंच बीस आप देख लिए पच्चीस का गुणा इसमें करोगे तो वही आएगा पच्चीस पचहत्तर पांच सात कैरी पच्चीस डेढ़ सौ डेढ़ सौ सात पूरा जोड़ लो या कैलकुलेटर कर लो सिंपल यही आएगा यह भी आप स्वयं करना ऐसे ही दो जीरो बढ़ा लेना पैंसठ बारह दो जीरो और डिवाइड बाय फोर आंसर आगे अगर इसी तरह से किसी संख्या में 125 से गुणा करना है जैसे 620 सौ बीस तो इसके बाद में 620 के बाद में तीन जीरो बढ़ा देना है और आपको डिवाइड कर देना है आठ से ठीक है और आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा आठ सात आठ सात छप्पन छह बज गया आठ सात छप्पन चार बच गया आठ पंजे चालीस डिवाइड करके देख लीजिए यही आएगा इसका मल्टीप्लाई करके देख लें यही आएगा एक और मैं एग्जाम्पल करता हूं जैसे सात आठ दो एक सौ पच्चीस सात आठ दो एक दो तीन जीरो बढ़ा लिया आठ से डिवाइड कर दो आठ निबहत्तर छ बज गया आठ सत्तीस छप्पन फिर छह बज गया आठ सत्तीस छप्पन चार आठ पंचालीस इतना ईजी है आगे अगर किसी संख्या को छह सौ पच्चीस से डिवाइड गुणा करना हो तो क्या करेंगे आपको मजा आ रहा होगा छह सौ पच्चीस से अगर गुणा करना हो तो सिंपल मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं चार जीरो बढ़ा ले लोलह से डिवाइड कर लें चार जीरो और सोलह से डिवाइड कर दो आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है वो अगला मेथड है हमारा ऐसी कोई दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 10 है और इकाई के अंक 5 है ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 10 और इकाई का अंक 5 है तो उनका गुणा करना है कैसे करेंगे देशे? जैसे जैसे पैसठ इंटू पचहत्तर क्या करना है लास्ट में पचहत्तर लिख लेना है और जो बड़ा वाला अंक हो 6 का गुणा सात से नहीं करना है 6 का गुणा 8 से कर दो यही मेथड है 6 का गुणा 8 से करेंगे छठे अड़तालीस बस हो गया आंसर दूसरा समझ नहीं पैतीस पैतालीस लास्ट में पचहत्तर लिखना है और तीन का गुणा पांच से चार से नहीं पांच से कर दो तीन पंजी पंद्रह एक और करो पचहत्तर पचासी पचहत्तर सात का गुणा नौ से नौ सत्ती ओ नौ सत्ते तिरठ एक सौ पंद्रह एक सौ पांच पचहत्तर ग्यारह का गुणा ग्यारह में सॉरी 10 का गुणा 12 में बड़ी वाली को एक बढ़ाना है बड़ी वाली संख्या को एक बढ़ाना है जैसे इसमें मैंने बढ़ाया था इसमें बढ़ाया था तो 10 का गुणा 12 में होगा तो 120 समझ गए होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा फिर एक बार समझ ले मैं इसको फिर बिटाऊंगा पचहत्तर सबके लास्ट में लिखना है और जो बड़ी संख्या हो इनमें उसको एक बढ़ाना है उसके बाद गुड़ा करना है छह इसमें बड़ी सात है तो सात की बजाय आठ यहाँ पे दिमाग में सोच लो आठ छिंगे अड़तालीस ऐसे ही ये बड़ी है पांच मान लीजिए पांच पंद्रह पचहत्तर यहाँ पे बड़ी बारह बारह धाई एक सौ बीस यहाँ पे बड़ी नौ मान लीजिए नौ सत्ते तिरसठ लास्ट पचहत्तर सबके आना है अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें आगे बढ़ते हैं किसी संख्या में पुनरावृत्ति वाले अंकों का गुणा करना किसी संख्या में पुनरावृत्ति वाले अंकों का गुणा जैसे जैसे मान लीजिए इसका गुणा करना है वैसे तो आप कर लेंगे लेकिन मैं एक नई विधि बता रहा हूं इसमें दो अंक है 11 तो पांच का गुणा क्या करना है एक में करना है पांच एकन पांच दो दो अंक की चलना है अब अब पांच का गुणा एक में नहीं करना अब बारह का, तो का गुणा एक में करना है तो बारह एकन बारह एक करी उसके बाद तेरह का गुणा एक में करना है तेरह एकन तेरह और एक कैरी चौद उसके बाद छियालीस का गुणा एक में करना है छियालीस एकन छियालीस और एक सैतालीस फिर एक कैरी उसके बाद चार का गुणा एक में करना है चार एक चार और एक पांच अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो अब देखिए यही आएगा और अगर आप समझ गए हो तो एक बार लाइक भी कर लेना एक बार मैं फिर इसी को समझाता हूं करना क्या है मुझे चार वो पांच इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से पांच और बाद उसके बाद बारह उसके बाद तेरह ये तेरह उसके बाद दस और उसके बाद चार मुझे लग रहा है यहां पर तो कुछ गड़बड़ हुई है अब इसका बुरा एक में करना है एक में बुरा करना है तो पांच, पांच बारे पन, बारे एक बारह एक बारह एक हासिल तेरह एक चौदह फिर एक हासिल दस एक दस और एक ग्यारह फिर एक हासिल चार चार और एक पांच ये आंसर आना चाहिए ये गलत हो गया था सॉरी कुछ मिस्टेक रही होगी एक बार सादा तरीके से करके देखें ये आंसर आएगा चार छह सात पांच पचपन पाँच एक हासिल सतहत्तर और एक अठहत्तर ग्यारह सत्तीस सतर और एक नहीं एक नहीं पचपन हासिल लगा था ना तो ग्यारह सत्तीस सतहत्तर और पांच आठ हासिल हो गया ग्यारह छियासठ छियासठ और आठ छियासठ और आठ चौहत्तर सात आसिल ग्यारह चौक और सात यस yes, ये मेथड इसमें कुछ गड़बड़ी हुई गंदराजी में तो फिर से एक बार समझ लें क्या किया था मैंने पांच लिखा फिर सात और सात और पांच बारह लिखा था पहले एक अंक फिर दोनों अंक सात पांच बारह सात छह तेरह छ और चार दस फिर एक अंक इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन कर अगर यहां पर ग्यारह की बजाय एक सौ ग्यारह होता तो मुझे तीन तीन अंक का जोड़ा बना के चलना पड़ता तब किस तरह से होता वो भी देख से देख लें जैसे हमारी कोई संख्या है पांच छ सात यस yes. ये अब क्या करना है पहले इसको लिख लेना है छ फिर सात छह तेरह फिर तीन ही है सात छह तेरह हो गया उसके बाद पांच सात छ कितना हो गया सात पांच बारह छ अठारह अठारह फिर उसके बाद कम हो जाए हो जाएंगे बारह उसके बाद पांच ये करना है आपको और इन सब सबको गुड़ा एक में छन छह तेरे एकन तेरे एक हासिल अठारह एकन अठारह उन्नीस एक हासिल बारह एकन बारह और एक तेरे फिर एक हासिल पांच एकन पांच छ हो गया गुड़ा तो कितना जी था समझ सकते हैं? क्या किया था एक बार फिर समझ लें छ लिखा फिर दो जोड़ लिए सात छह तेरे फिर तीन जोड़ लिए क्योंकि तीर्घा जोड़ा बनना है उसके बाद आगे कोई अंक है नहीं आगे भी अंक होते तो तीन, तीन तीन तीन चलते फिर जैसे ही खत्म होता फिर तीन दो फिर उसके तो एक इस तरह से अगला क्वेश्चन तो इस तरह के आप सीख गए होंगे फिर आगे मैं बढ़ता हूं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेकर अगर किसी संख्या में 9 से गुणा करना हो तो आप क्या, कर, क्या करना पड़ेगा 9 से गुणा करना है 9 से गुणा, 9 से गुड़ा निन्यानवे से गुणा, 999 हजार से गुणा, तो क्या करना पड़ेगा ऐसे कोई संख्या हमारी पचहत्तर है 9 से गुणा करना है कुछ नहीं करना है पचहत्तर के बाद में एक जीरो लगा दो और ये पचहत्तर उसी में से माइनस कर दो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 6 आंसर, छानवे से गुणा करना है नौ से 999 सौ निन्यानवे से नौ हजार नौ सौ निन्यानवे सबके लिए यही मेथड जैसे यह 625 सौ पच्चीस अब क्या करेंगे दो नौ पच्चीस नाइन नाइन अब इसी में से हमको यही घटा देना है 625 आंसर आ जाएगा 10 में से 5 5 9 में से 2 7 और यहाँ पे चौदह चौदह निश्चय आठ एक यस तो भी करता हूं आपको समझ में आया होगा और <coughs> मजा आ रहा होगा आगे है आपके लिए यस दो दो अंकों के गुणा में दो दो अंकों के गुणा में जब कोई एक अंक समान हो या दोनों अंक समान हो इकाई के और दहाई के या एक इकाई का समान हो और एक दहाई का समान हो तब क्या करेंगे जैसे हमारे पास चौहत्तर और चौवन सॉरी <coughs> तो करना क्या है चार चौक सोलह जो देखें चार चौक सोलह और सात पांच को जोड़ लें सात पांच बारह हो गए बारह का गुणा चार में करना है तो बारह चोको अड़तालीस सो और इधर 16 की एक कैरी 16 वाली कैरी तो उधर हो जाएगा 49 इधर दो अंक रखने हैं मुझको क्या हो रहा है मिस्टेक है क्या नहीं, दोबारा सीखें। जैसे था हमारा चौहत्तर और चौवन इनका मुझे गुणा करना है बहुत स्पीड से तो चार चक सोलह एक हासिल सात पांच बारह बारह का गुणा चार में करना है तो बारह चकू अड़तालीस अड़तालीस और एक उन्चास तीन हासिल उसके बाद सात पांच का गुणा कर लो सात पंचायत पैंतीस पैंतीस होती है हो गया दोबारा सीखें ये अट्ठावन और ये चौवन इसमें ये वाला अंक समान है इसमें ये वाले समान थे तो करना क्या है आठ शब्द बत्तीस बत्तीस की दो तीन कह रही समान अंक वाले में गुणा करना है इनको जो इन दोनों को जोड़ लेना है तो आठ शुरह पंजे साठ साठ और तीन तिथे साठ हासिल उसके बाद पचम पच्चीस और छत्तीस यही आंसर आ जाएगा आगे एक और करता हूं जैसे बहत्तर और अठहत्तर इनका मुझे गुना करना है तो 8 दूनी 16 एक आंसिल और आसमान अंकों का जोड़ कर लो जो 8 दूनी वो 8 और दो दस दस सत्ते इकहत्तर सात आसिल और, और सात हो गई आसिल सात सत्तर उनचास उनचास छप्पन पहले आपको इन दोनों का गुणा करना है एक आंसर लिख देना है समान अंकों का जोड़ करना है सात में गुणा कर देना है तो आठ 2, 10, 10, सत्य सत्तर और एक इकहत्तर उसके बाद इनका गुणा करना है 7, सत्य उनचास और 6, और सात तो आप ये भी मेथड्स सीख गए होंगे बहुत सारी मेथड्स सीख गए आप अगला मेथड हमारा सौ के पास वाली संख्याओं का गुणा जैसे एक हमारी संख्या है बानवी और दूसरी संख्या है सतानवी सौ से छोटी संख्याओं का गुणा तो ये देखो कैसे गुणा करते हैं ये सौ से कितना कम है आठ ये सौ से कितना कम है तीन तो पहले इनका ही गुणा कर लो आठ तीय चौबीस आठ तीय चौबीस उसके बाद या तो बान बानवे में से तीन घटा दो या सतानवे में से आठ घटा दो तो बानवे में से तीन घटाओगे या सत्तानवे में से आठ घटाओगे तो बचेगा एट्टी तो बस यही हमारा आंसर हो गया दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का एक एक बानवे है एक सतानवे है देखिए ये हमारा आठ कम है हंड्रेड से आठ कम और ये तीन कम है तो आठ ती चौबीस अरे ये तो वही हो गया एक पचानवे और एक बानवे इनका गुणा करना ये हंड्रेड से पांच कम है ये हंड्रेड से आठ कम है आठ बन जो चालीस उसके बाद पचानवे में से आठ कम कर दो या बानवे में से पांच कम कर दो तो पचानवे में से आठ कम करोगे तो या में से पांच कम करोगे तो आएगा 87 बस हमारा बुरा हो गया उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ठीक है यस yes. तो एक और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इस पर गुड़ाफ और कुछ विधियां आपके लिए लेके आऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को नया शेयर कर देना मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार देख रहे हो धन्यवाद